मेरा पहला दोस्तों पहले हम काइंट मास्टर्ड को अप्लिकेशन ओपन करेंगे फिर साइज सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक फ़ोटो जैसे मैंने ब्लैक ले लिया इमेज उसको बड़ा करेंगे इमेज को जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं उसके बाद आप ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा मतलब आपको गाना सेलेक्ट करना है कौन सा आपको इस पर गाना रखना है उसको सेलेक्ट करता है मैं सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वे वा। गेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको और आपको जो टाइप करना है जो गाना को लिखना है उसको आपको लिख देना है अच्छे से पहले मैं एक बार गाना सुन लेता हूँ कि क्या हमको टाइप करना है उसके बाद वहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जैसे कि हमारा जो सॉन्ग है उसका पहले का जो है मेरा वो हम टाइप कर लेते हैं इसी तरह से उसको बड़ा कर लेना है और उसको बाद में उसको आगे लेकर आ जाना है फिर उसको आप देख लेना है कि वो गाना जहाँ पे इंडोर है उतना कटिंग कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको उसको एगजस्ट कर लेना है कि कितना पर सॉन्ग प्ले हो रहेगा कितना पर कटेगा थोड़ी बड़ा कर लेते हैं कि अच्छी तरह से एडिट हो उसके बाद में इसको जो फंट है वह सिलेक्ट कर लेंगे कौन से इसमें जैसे कि मैं इसमें जो फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं वह लगा सकते हैं आप उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद में थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद फिर सही वाले पेज डॉलर पर क्लिक करके देख लेंगे ऐसा ही हमको सबके साथ करना है फिर जिसका आपको डुप्लीकेट बनाना है उसका थ्री डॉर पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करना ना इसका एक डुप्लिकेट बन जाएगा इसको आगे ले चलना है आगे ले जाने के बाद इस पर क्लिक करके इस पर आपको जो टाइप करना है वो टाइप कर देंगे आगे का सॉन्ग जो टाइप करना है उसको टाइप करेंगे हम इस पे जैसे कि मैं टाइप कर दिया टाइप करने के बाद इसको सॉन्ग को प्ले कर कर करके आपका देख लेना है कि इतना ही पर है ना जैसे कि मैं देख ले रहा हूँ ऐसे ही चलिए पूरी मैं टाइप कर लेता हूँ देखिए मैंने पूरे टाइप कर लिया उसको बाद में आपको क्या करना है कि एक लेर पर ऑप्शन पर जाके एफएक्स डाउनलोड कर लेना एक एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी जी यहाँ पे है जिसका नाम है आपको एसके रिकॉर्डर नाम है इसको क्लिक करके उसके बाद में इसको सेटअप करना है इसको बड़ा कर लेते हैं फिर बड़ा करने के बाद में जहाँ से हमको चाहिए जहाँ पे एम लिखा हुआ वहाँ से हम लोग क्लिक कर लेंगे थोड़ी सा और बड़ा कर लेते हैं इसको बड़ा करने के बाद में इसको साइज मिलाने के बाद में आपको क्या करना है किसको आराम से कटिंग कर लेना है जितना पर आपका जहाँ पे इंदौर है वहाँ पे कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर लिया उसके बाद में आपको क्या करना है कि कटिंग करने देख सकते हैं आपको ऐसा बनेगा तो इसको क्या करना आपको कर है आपको चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते देना जैसे कि मैं कर रहा हूँ पहले आपको चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको प्लस फिर लास्ट में आना है थोड़ी सी आगे आपको आके फिर प्लस के ऑप्शन जहाँ पर राइट साइड में प्लस है वहाँ पे क्लिक कर देना है आपको फिर आपको पूरे इसको इधर ले जाना है जैसे कि हम जो बड़ा कर रहे हैं उसको हम पूरे देख सकते हैं आपको ऐसा बन जाएगा ठीक ऐसा ही में हम लोग पूरी में कर ले रहे हैं उसके बाद में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको आगे बनाना है इसको डुप्लीकेट करके आगे इसको ले चलना जाना है उसके बाद में मैं इसको पूरा एडजस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ पहले आपको इस तरह पूरी में कर लेना है जितना भी आप टाइप किया है वो सब में करना है जैसा कि मैं कर लिया हूँ देख सकते हैं आप क्या मैं कर लिया आपको ऐसा होने लिखने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है एक एप्लीकेशन की जो इसको सेव कर लेना है सेव होने के बाद आपको एक अप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगा अगर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मैं वहां को उस आपका उस एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं अगर नई मालूम है तो पर मैसेज कीजिएगा जैसे इस एप्लीकेशन पे आ जाना है आपको प्लस कैकन में क्लिक मीडिया पर क्लिक करके वीडियो पर क्लिक करना है जो वीडियो हमने सेव किया था उसको थोड़ी सी प्ले कर लेना है लास्ट तक ले जाना है उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करके, करके असिस्टेंट स्टोर में जाना है वहाँ पर आपको ग्लो स्कैन पर क्लिक करना है और रेडियस को आपको वहाँ रेडियस जो है उसको आपको कर लेना है ठीक है उसके बाद में आपको जो आइटन से इसको टिप कर लेना है सही क्या क्लिक करके एसके डिस आपको फाइव पॉइंट फाइव कर लेना है या फाइव पॉइंट फाइव ही कर लीजिएगा उससे आपको अच्छा ग्लो आ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं ओके ओके बटन पर क्लिक करके आपको कलर सेलेक्ट करना है इसको बढ़ा देना है उसके बाद आपको जो कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप जैसे मैं रेड रखना चाह रहा हूँ मैं रेड पर क्लिक कर दिया उसके बाद मैं क्या करना है आपको फिर से प्लस आई आइकन पर क्लिक कर देना है जहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा इस पर क्लिक कर देना आपको उसके बाद में आपको चला जाना है और आपको आगे मिल जाएगा आपको एक रिंग ड्रॉप नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आपका ऐसा बन जाएगा उसके बाद में आपको इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेडिएसन को आपको दस सौ पिक्सल अपने हिसाब से कर सकते हैं और करने के बाद में आपको यह रेडिएसन आपको सिलेक्ट करना है दस सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे वे भी आपको यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो उसके बाद एक ग्रीन वाले जो प्ले बटन जैसे दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लेंगे क्या?